पहन वर्दी और बाघ तिरंगा सिर पे वतन की रक्षा के लिए निकल पड़ा हो घर से होली दिवाली ईद मुहर्रम वतन के साथ मनाने आया हो दूर रहो ए देश के दुश्मनों मैं देश बचाने आया दुश्मनों का मुह काला होगा जिस देश का ऐसा रखवाला होगा झुकेगा ये सर दुश्मनों के आगे लहू से मातृभूमि सींचने आया दूर रहो ए देश के दुश्मनों मैं देश बचाने आया हूं हिमालय की तरह अटल और गंगा जैसी सोच है निर्मल तेरे जैसे तूफानों के आगे मैं चट्टान बनकर छाया वार करूंगा तो सीने पर ना फीट पर खंजर मारने आया हूं गोली बारूदों के बौछारों से मैं ना घबराने आया हूं दूर रहो ए देश के दुश्मनों मैं देश बचाने आया हूं डर गया मेरे हौसले से निहत्ता देखकर वार किया शर्म नहीं तेरे आंखों में जो मानवता का संघार किया खून से लतपत पड़ा भूमि पर भारत मां को आखिरी सलाम किया ऐसे मातृभूमि तेरे एहसानों का मैं कर्ज चुकाने आया था वापस आने का मैं मां से वादा करके आया था न भूल ना मेरी शहादत साथियों मैं देश बचाने आया था तेरी इंतजार की घड़िया खत्म हुई अब मैं अपना वादा निभाया हूं देख तिरंगे को मां मैं कफन बनाकर लाया हूं दूर रहो ए देश के दुश्मनों, मैं देश बचाने आया हूं पहनवर्दी और बाग तिरंगा सिर पे